मेरे पैम्बर की बात खुशबू मेरे पैम्बर की जात खुशबू, बचपन लड़कपन जवानी खुशबू, नबी की सारी हयात खुशबू कदम मुबारक मेरे नबी के जहाँ जहाँ भी लगे हैं दोस्तों वो गलियाँ खुशबू वो कुच खुशबू वो शहर खुशबू देहात खुशबू